हाई एवरीवन आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एलिमेंट के बारे में जो ना ही हमारी हेल्थ को इम्पेक्ट कर रहा है बट पूरे इस एन्वायरमेंट को बहुत सीरियस uh, तरीके से इम्पेक्ट कर रहा है एंड वी आर फास्टली मूविंग टूवर्ड्स द ग्लोबल वार्मिंग एयर पोल्यूशन इज़ वन ऑफ द मेन फैक्टर विच इज़ डेटोरेटिंग नॉट ओनली द कंडीशन ऑफ द हेल्थ अमंग द पीपल एट लार्ज बट एट द सेम टाइम इट इज़ ऑल्सो इम्पेक्टिंग द इन्वायरमेंट ग्लोबली एयर पोल्यूशन को मेजर करने वाले दो मेन पैरामीटर माने जाते हैं दैट इज पीएम एम टू पॉइंट फाइव और पीएम एम टेन और पीएम एम टू पॉइंट फाइव और पीएम एम टेन की जो वैल्यूशन एयर होनी चाहिए दैट हैज टू बी बिटवीन पचास से सौ के तकरीबन आज हम हम ये वीडियो में आपके सामने इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं तो प्रेजेंटली जो प्रेजेंस ऑफ माइक्रोन्स इन एयर है पी एम इज टू और पी एम इज समवेयर अराउंड वन दैट इज actually a very risky stage of presence of microns in the air ek report ke mutabik bharat ke 13 shahar world ke 20 most polluted shaharon mein mane jate hain aur delhi unme se ek aisa shahar hai which is badly impacted with the air pollution air pollution with the development of economy with the development of pace of constructions with the development of the इको सिस्टम विद रिगार्ड टू दी कमर्शलाइजेशन बढ़ता ही जा रहा है डे बाई डे और प्रजेंटली अगर हम कंसिडर करें एयर पोल्यूशन की सिचुएशन इस लेवल तक पहुँच गई है कि जो पी एम टू पॉइंट फाइव और पी एम टेन के लेवल्स हैं ये अब सर्दियों में नहीं बल्कि गर्मियों के एक रेगुलर डे के लेवल्स हैं विच वी हैव अडोप्टिड एज अ हेल्दी एयर स्टैंडर्ड फॉर दैट मच कंफर्टेबल विदुएशन जहाँ पर आपका अगर पी एम टू पॉइंट फाइव या पी एम टेन हमें लगता है कि तीन सौ साढ़े तीन सौ से नीचे हैट मीन्स वी आर एट अ बेटर सिचुएशन एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए किया जा सकता है क्या किया जा सकता है इलेक्ट्रॉनिक वहीकल्स आर वन ऑफ द स्टेप्स विच हैव बीन टेकन टू कंट्रोल दर पोलूशन एंड एट द सेम टाइम दिस इज गोइंग टू भी कॉन्ट्रीब्यूट इन द इनवाइट इन अ वेरी पॉजिटिव वे क्योंकि वहीकल्स का एमिशंस इज वन ऑफ द मेजर एंड प्राइम फैक्टर टूवर्ड्स द एयर पोल्यूशन अपार्ट फ्रॉम द कंस्ट्रक्शंस एंड एंड द अदर फैक्टर्स व्हिच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू दी डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द पोल्यूशन इन द एयर एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए एक इफेक्टिव स्टेप और हो सकता है जिसकी हम एक थोड़ी बहुत ही प्रोग्रेस तो अपने पूरे अक्रॉस दी एनसीआर देख रहे हैं at the same time we haven't seen any strict or hard measure on the part of the government with regard to this step that is vertical farming or vertical plantation or vertical gardening. Vertical plantation or vertical gardening एक ऐसी ही gardening है जो horizontal ना होकर buildings की सतह पर की जाती है बहुत सारे countries ने vertical farming और vertical gardening और vertical plantation को adopt किया है air pollution को control करने के लिए अब क्वेश्चन उठता है कि वर्टिकल गार्डनिंग का क्या कंट्रीब्यूशन रहता है टुवर्ड्स द कंट्रोल ऑफ द एयर पोल्यूशन वर्टिकल गार्डनिंग एक अपने आप में ऐसा सिस्टम फॉर अ बिल्डिंग क्रिएट करती है जो ना ही एयर में प्रेजेंस कार्बन ऑक्साइड्स को अब्जोर्व करती है बट अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन भी रिलीज करती है सिमिलरली वर्टिकल गार्डनिंग आपकी जो बिल्डिंग का टेम्परेचर है उसको काफ़ी हद तक इन कंपेरिजन टू अ रेगुलर बिल्डिंग Uh, कुछ डिग्री तक उसको कंट्रोल करती है वर्टिकल गार्डनिंग इज द रीज़न कि सर्दियों में आपकी बिल्डिंग का ऑटोमेटिक टेम्परेचर भी मेंटेन रहता है वर्टिकल गार्डनिंग को लेकर जो मिथ्स हैं दैट इज विद रिगार्ड टू दी कंजम्पन ऑफ अ वाटर और कॉस्टिंग विद विद अ प्रिसाइज और अ कैलकुलेटेड अप्रोच द कॉस्ट कैन बी रिड्यूस्ड और वर्टिकल फार्मिंग और वर्टिकल गार्डनिंग की जो वाटर इंटेक कॉस्ट है वो नब्बे रेगुलर फार्मिंग और रेगुलर गार्डनिंग से कम है उसका रीजन ये है क्योंकि इसमें वाटर रिसाइकल होकर यूज होता है अक्रॉस द बिल्डिंग इन अ वर्टिकल मैनर रेदर देन इन अ मैनर जो कि आपकी अब्जोर्व कर लेती है आपकी लैंड uh, चाइना ने बहुत सारी अपने बिल्डिंग्स में और बहुत सारे एरियाज़ में वर्टिकल फार्मिंग को अडॉप्ट किया है एज अ प्रोटोटाइप टू कंट्रोल द एयर पोल्यूशन और एज पर रिपोर्ट चाइना ने अपने ग्रीन ग्रीन कॉरिडोर्स क्रिएट करने शुरू किए हैं ये ग्रीन कॉरिडोर इतने इफेक्टिव हैं कि दे आर प्रोड्यूसिंग समवेयर अराउंड 60 के जी ऑफ ऑक्सीजन ऑन एवरीडे बेसिस और जो ये एब्जर्व कर रहे हैं सी दैट इज समेर अराउंड 25 टन्स फ्रॉम द एयर सो दैट मीन्स दे आर सब्सटेंशियली कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन दी कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन एक और कंट्री है सियाओपोलो जिन्होंने वर्टिकल फार्मिंग को एक ऐसा टूल अडॉप्ट किया है टू रीसाइकल ऑल दोज कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग जो कि यूज़ में नहीं है जिसके हिसाब जिसको अडॉप्ट करके ना ही उन्होंने ब्यूटीफिकेशन किया है अपने पूरे सिटीज़ का बट ऐट द सेम टाइम एक एक एप्टीमम और ऑप्टीमम यूज़ भी किया है सारे प्लान्टशन और जितनी भी आपकी अनयूज बिल्डिंग्स हैं और जितने भी स्पेसिस हैं उनका एक प्रॉपर यूज़ किया है इसके इस इस पूरी टेक्निक को अडॉप्ट करके सेवा पोलो ने समवेयर अराउंड 16 टन्स ऑफ एमिशंस फॉर इन अ ईयर जो उन्होंने है वो रिड्यूस किया है दैट मींस जो वर्टिकल प्लांटेशन है उन्होंने इतने टन ऑफ ऑक्सीजन को इतने टन ऑफ कार्बन ऑक्साइड्स को अब्जॉर्व किया है सिमिलरली कुछ सिटीज़ ने फुल फ्लैज वर्टिकल फार्मिंग को अडोप्ट किया है एज अर परमानेंट पॉलिसी टू कंट्रोल द एयर पोल्यूशन But for the बट फॉर ऑफ देर सिटी इंडिया में जहां पर एक तरीके से हमारे मोस्टली एमसीडी और मोस्टली हाउसिंग लॉज है कि जितने भी आपके घर बनेंगे जितनी भी आपकी कंस्ट्रक्शन होगी स्पेशली इन अर्बन एरिया वहाँ पर आपको जो ground floor है, that has to be reserved for the parking. So if we can make a policy, जहाँ पर हम एक ऐसा policy दे रहे हैं कि आप गाड़ियों को space देकर गाड़ियों के emission के लिए contribute कर रहे हैं why can't we make a permanent or a mandatory policy for every such new construction to have a 4 to 5 feet of 4 to 5 feet of vertical farming wall across across their house uh, as a as a prototype or as a primarily uh, as a model government what can do government can make it mandatory for those for some commercial or private spaces or government spaces at least in those areas which are badly and adversly impacted with the pollution सो so, इस वीडियो के थ्रू हम आपको कन्वे करना जा रहे हैं कि एयर पोल्यूशन ना ही एक इम्पोर्टेंट हेल्थ इश्यू है बट एयर पोल्यूशन आने वाले टाइम का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कंट्रीब्यूटर है टूवर्ड्स द ग्लोबल वार्मिंग एंड वर्टिकल फार्मिंग कैन एक्ट एज वन ऑफ दफ द रिफाइंड एंड बेटर टूल टू कंट्रोल द एयर पोल्यूशन इन इकोनमी